नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ पने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो चलिए हम पना बनाना स्टार्ट करते हैं पना बनाने के लिए आप कोई भी कच्चा आम ले सकते हैं कोशिश करें कि जिसमें ज़्यादा पल्प हो वही आम लें नहीं तो आप कोई भी कच्चा आम का भी आप पना आसानी से बना सकते हैं इसे कोई भी पतीला में ले लें आम को और इसमें इतना पानी ऐड कर दें इसमें मैंने दो गिलास पानी ऐड कर दिए हैं। आप इसमें इतना पानी ऐड करें ताकि ये सारे आम अच्छे से डिप हो जाएं। अब गैस का फ्लेम फुल करके इसको ढककर लगभग आठ से दस मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये पक ना जाए पाँच से छः मिनट में इसे बीच में चेक करके देखेंगे कि ये पका या नहीं लगभग पाँच से छः मिनट में इसको बीच में चेक करके देखा चेक करने के लिए आप आम को स्पून की हेल्प से ऐसे पुश करके देखें ये अंदर तक दब नहीं रहे हैं यानी इसका मतलब इसको अभी और पकाना होगा अब इसे ढककर फिर से पाँच से छः मिनट तक इसको फोल करके पकाते हैं गैस का फ्लेम फोल करके इसे चेक करके देखा प्लेट को हटाकर देखा ये अच्छे से पक गए हैं फिंगर्स की हेल्प से दबाया तो ये अच्छे से अंदर तक दब रहे हैं यानी कि हमारे आम पक रेडी हो चुके हैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है अब इसे ठंडा होने के बाद सारे आम को आप प्लेट में निकाल लें ये अच्छे से हमारे आम पक्कर रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स आप सच में पने को जरूर ट्राई करें बनाकर बहुत ही अच्छा लगता है समर सीजन में इसे जरूर बनाकर खाएं। अब आप किसी भी गहरे बाउल में इस आम को निकाल लें ले लें ले और इनका सारे आम का छिलका अलग कर लें छिलका सारे आम का अलग करने के बाद ये देखिए स्मूथली सारे छिलके अलग हो रहे हैं और ये इस आम में बहुत ही अच्छा ज्यादा क्वांटिटी में पल्प है ये अलग ही समझ में आ रहा है इस तरीके से आप सारे पल्प निकाल लिए और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इसमें पानी ऐड करें और फिंगर्स की हेल्प से इस तरीके से पुश करते हुए ये पल्प निकालें ये देखिए अलग ही पल्प दिख रहा है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है रियली आप इसे जरूर ट्राई करें मैं इसके बाद आपके साथ आम की और भी रेसिपी शेयर करने वाली हूं, फ्रेंड्स जो भी मैं किचन में प्रोडक्ट यूज़ करती हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है एक बार उस लिंक में जाकर जरूर देखें ये सारे आम का पल्प निकाल लिया है और गुठलियों को अलग कर दिया है इसमें आप आवश्यकतानुसार ही पानी ऐड करें ज़्यादा इसे पतला ना करें इस तरीके से सारा पल्प निकलकर रेडी हो चुका है लगभग आधा कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है। पल्प को निकालने के लिए इसमें हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, आवश्यकता लाल मिर्च पाउडर ऐड करें हाफ टीस्पून नमक नमक भी आप स्वाद अनुसार एड करें वन फोर्थ टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है एक कप बारिक गुड़ ऐड कर दें गुड़ को अच्छे से कद्दूकस कर लें गुड़ इसमें ऐड करते हैं तो पनेर का स्वाद ही बहुत ही स्पेशल आता है आप यदि गुड़ नहीं खाना चाहते तो गुड़ की जगह आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं गुड़ को इसमें कद्दूकस करके ऐड करते हैं तो इसे मिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होता है इस तरीके से गुड़ ऐड कर दें गुड़ अच्छा साफ वाला ही यूज़ करें अच्छे से मिक्स होने के बाद इस तरीके से हमारा पना एड़ बनकर रेडी हो चुका है इसमें आप हरी मिर्च काटकर भी ऐड कर सकते हैं या हरी धनिया हरी धनिया को बारीक कर कर इसमें ऐड कर दें ये देखिए कितना स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस देखने में लग रहा है तो फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई करें और अपना विशेष ध्यान रखें